देर सो नहीं कौन <laughs> हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल लकी जाखड़ में तो अभी वे लगभग साढ़े नौ दस बजे हैं और आठ बजे लगभग उसे गए है रात को सोया था लगभग तीन बजे वीडियो अपलोड करके एडिट करके और अभी डिस्कशन चल रहा है खाने पे क्योंकि आ, आटा खत्म है सब्जी खत्म है कल लाए थे आटा वो इतना ही था ये दो टाइम हमें के दो टाइम के लाए गए दो किलो तो अभी सब्ज़ी में चटनी बनाएंगे क्योंकि दूसरी कोई है नहीं और बाद जा के आटा लेके आना पड़ेगा आज और शाम तक जितना हो सके मगर रात का भाई आ जाएगा किशन सामान लेके आटा वगैरह और सब्जी तो बाहर से लाते नहीं है कल रात बिहार अभी दो दिन हो गए लेऊंगा तो मेरे बना सकते है मिर्च तो तो तो तो तो तो तो तो तो लाना दस मिर्च ले तो गाय को ऐसे ही डाल देना वही सिर्फ पैसे यहाँ ला के दो किलो लाओगे खराब होगी फिर डालोगे तो बाहर जगह आटा भी लेके आएंगे और दही वगैरह भी लेके आना है घुसक लेके आ जाए नहीं। तुम नहीं खाते दही ला क्यों लाते नहीं मगरा भी खाएगा ही नहीं तो दही तो दही मेरे को जाके लेके आना पड़ेगा ये नहीं जाएंगे मैं जाऊँगा तो ये बर्तन शाम के पड़े। अभी ये दोते हैं पहले फिर देखते हैं ये करे लसन कटे फाइनल मैं जा रहा हूँ साबुन भी लेके आना है दही भी लेके आना है और आटा भी लेके आना तो मैं जा रहा हूँ चारों पर लेके ये गाड़ी ये लेके जा रहा हूँ साइकिल घनशाम वाली यहीं पड़ी है क्योंकि घनशाम खुद आ रखा है यहाँ गेट खोलो हम्म हाँ। तो बीस <laughs> का दही है तीस का ये आटा है और दस का ये साबुन है साबुन बर्तन धोने के लिए आज मैंने अभी सुबह उठा हूँ और बाना जी है ये आए आटा वगैरह दही वगैरह मैंने बनी चटनी अब मैंने ये चटनी बनी है जो इस बगोले के अंदर देखो सीन उबल रही है और आज काफ़ी दिनों से देख लो आटा नहीं है यहाँ वरना तीन चार कटे आटा होता है वो खत्म हो गया ये दे अब मैं इसे रेडी कर रहा हूँ ये ले रहा हूँ चिमटा और इसे थोड़ा हिलाना पड़ेगा चिप जाएगा नहीं साइड आज तो इसे जल्दी जल्दी बनाए ऐसे पता नहीं कैसी बनी होगी अब तो जैसी भी होगी खा लेंगे अच्छी होगी तो ये भी आटा लगा रहे हैं बाद बनाएंगे रोटी मुझे भी सीखना है तो ये वाली दूध की तो आज किशन आ चुका है आटा वगैरह लेके आटा लेके आया था दूध लेके आया था अभी इसका प्लान है ठंडा मंगा रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक मंगा रहे स्वरूप आज स्वरूप की तरफ से दे नमकीन होता जिम कोण मंगरा ओ आज इसी का डिस्कस चल रहा है कोल्डिंग मंगाने या स्वरूप करा कोल्डिंग में मंगूंगा लेकिन नमकीन नहीं मंगूंगा और तो नमकीन का बनेन मंगई लुत्या करम जा बता रहे एक दिस तो मामा बनो दे ये बजे किता दे नमकीन रस मैं देऊं तो के मैं तो नमकीन में ना सीधा कोई नमकीन आओ होता सीप दे डर करे तो आ तेज खाओ नहीं धरती काना यार ये काय तू तो सीधा सीप बनो मैं मैं कोई होता बनो का पता है के मु नमकीन नमकीन मामला कोल्डिंग कोल्डिंग हो, ठंडे तो, ले, अब कितने रहे कितन नहीं पाँच सौ कोल्ड ड्रिंक नहीं हम तो बीर मंगा रहे हैं अभी मंगा रहे तो आज तो आप उपास है ना मंगलवारियर तो फ्रूट गियर दस में आ जाएगी तो ये वाली बाइक किसी ने अभी लिए लगभग डेढ़ महीना हो गया है मॉडिफाई करा रखी थोड़ी बहुत तो अभी ये ये बाइक लेके जा रहे ठंडा लेने के लिए तो वापस जा रहे गाँव तो ये रील के लिए वीडियो बना रहे वो वीडियो शूटर हमारे तो दोस्तों अभी अभी लगभग टाइम हुआ है दो बज के पैतालीस मिनट लगभग ये हुआ टाइम इसमें थोड़ा उल्टा बता रहा है तो अभी मैं खुद को अपने आप को एक चैलेंज देता हूं ताकि मैं कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं पाँच घंटे की सीटिंग पावर मतलब सात पैंतालीस तक मैं नहीं उठूंगा और यहाँ से लूँगा तक नहीं मतलब अगर पाँच बजे एक बार मेरे को जाना पड़ेगा पाँच बजे मेरे रूम में क्योंकि यहाँ आएगा वो ट्यूशन का बच्चा आएगा एक तो उसे जस्ट मैं अपने रूम में जाऊँगा उसके बाद ना तो केवल टॉयलेट तक जाऊँगा ना मैं पानी तक पीऊँगा कुछ भी नहीं करूँगा पाँच घंटे केवल और केवल फाइल बनूंगा क्योंकि तो अगर ऐसे चैलेंज नहीं दिया ना तो मैं फ़ाइल बना ही नहीं पाऊँगा कल जमा करवानी है आज जमा करवानी थी तो हम गए नहीं क्योंकि पास हमें बाइक का बंदोबस्त नहीं हुआ हमारी तो मैं गया नहीं तो इस वजह से दे देंगे जब फोन करके पूछा तो बोला कल तो जमा हो जाएगी तो कल रात को दो ही प्लेट के थे ये कम्प्लीट हो गए अब आज स्टार्ट करेंगे थर्ड तीसरे से स्टार्ट करेंगे तो देखते कहाँ तक होता है पाँच घंटे का चैलेंज लेते हैं हम चैलेंज को स्टार्ट ट्स तो अभी मैंने पाँच घंटे का चैलेंज रखा था और वो चैलेंज वीट कर दिया हूँ मतलब कम्प्लीट कर दिया हूँ यहीं पे बैठा था मैं मेरे रूम में आ गया वापस क्योंकि अनूप के पास वो कोचिंग वाला लड़का आ गया इसलिए तो यहीं बैठाऊँ ये यह देखो एक बिल्लो है एक ये है और इसको क्लियर की ताकि आसानी सोच सके और यहाँ से हिला तक नहीं हूँ मैं टॉयलेट ना तो टॉयलेट करने गया था और ना ही पानी पीने के लिए हिला तक नहीं ये मेरी सीटिंग पावर इतनी तो अभी भी आठ प्रैक्टिकली हुए बाकी के दस प्रैक्टिकल बाकी लेकिन ये आठ एक प्रैक्टिकल चार पेज का था अब पीछे वाले थे थोड़े छोटे छोटे हैं दो पेज के मिनिमम में एक पेज दो पेज दो पेज, दो पेज लास्ट है विद दस टेम प्रैक्टिकल तो अभी शाम को देखेंगे खाना बनाने के बाद क्योंकि अभी बजे लगभग कितना टाइम हुआ ये देख सकते हो आठ बजे लगभग आठ बज के मिनट हुआ है ठीक है तो आठ बज के मिनट हुआ है और मैं बैठा था तीन बजे लगभग किशन के जाने के बाद तो अभी यहाँ से बाहर चलते हैं और देखते हैं आज कल रात वह सब्जी लेके आए तो सब्जी देखते हैं पहले ये वाली सब्जी लेके कर आए ये भी सब्जी को धोएंगे ये भी लेके कर एडजस्ट करा गया ये साइकिल लेके गए थे और आज वो वाली साइकिल कंसाम खुद ले गया अपने वाली साइकिल मेरे साथ ब्लॉग देखा होगा तो उसके बाद ले गया ले गया वाली साइकिल और ये सब्जी ओपन कर रहे हैं इसमें से निकाल एक थाली में डालेंगे और ताकि खराब ना हो धोएँंगे तो अभी लगभग टाइम हुआ है दस बज के पचास मिनट तो हम ना दो के खाना वगैरह बना के खा के बैठ गए वापस पढ़ने दस पचास में फोन चार्ज तब तक फोन चार्ज लगा दिया और हम लोग भी अपनी फाइल बना रहे हैं ये भी और मैं भी अभी वापस फाइल बना बैठ गया और जब तक आठ हुए अभी प्रैक्टिकल कंप्लीट तो आठ से स्टार्ट करेंगे और जब तक अठारह नहीं हो जाएगा तब तक सोएंगे नहीं आज तो ये बैठ चुके हम फाइल लेके ये प्रैक्टिकल फाइल है वो है है है से तो तो अभी अभी स्टार्ट करते हैं देखते हैं देखते पूरी पूरी पूरी प्रैक्टिकल फाइल फाइल कब तक तैयार होती है। तो दोस्तों हो चुकी मैंने पूरे अट्ठारह के अठारह प्रैक्टिकल कर दिए हैं देख सकते हैं पूरा प्रैक्टिकल हो चुके हैं तो और अभी टाइम हुआ है लगभग तीन बज के ग्यारह मिनट और इंडेक्स मैंने पूरे भर दिए हैं तो इंडेक्स भी लगा लिया ताकि सुबह जग नहीं पाएंगे जल्दी तो अभी लगभग टाइम हो गया है तीन बज के बारह मिनट ठीक है अभी तीन बज के बारह मिनट हो गए तो जितना मैंने आपको चैलेंज किया था कि पूरे 10 प्रैक्टिकल करके फ्री सोएंगे अभी 10 प्रैक्टिकल हो चुके हैं और, और अभी तक मैं यहाँ से मतलब खड़ा तक नहीं हूँ जहाँ बैठाऊँ ना वहीं बैठा हूँ कितने बजे बैठता मैं दस बज के पचास मिनट पे यहाँ ये स्टार्ट किया था प्रैक्टिकल करना तो अभी लाइव लगभग टाइम हो गया है तीन बज के देर में यहाँ से खड़ा तक नहीं हूँ हो गए हैं इनका पता नहीं कितना हुआ अभी इनके मेरे साथ से दो या तीन बच्चे होंगे तो मेरा पूरा हो गया पूरे और ये फाइल्स वगैरह हैं तो ये ब्लॉग एडिट करते करते मेरे को टाइम हो जाएगा वो सुबह पाँचवीं बच जाएंगी अगर साढ़े चार के बाद हुआ तो आज का ब्लॉग साढ़े चार स्टार्ट कर देंगे और आगे वाला ब्लॉग ज़रूर देखना कोट यू इंजॉय दिस वीडियो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू